तो इस कविता का आरंभ तो वहां से होता है जब अभिमन्यु में प्रवेश करने की आज्ञा मिल जाती है और अपना आगे बढ़ाता है और इस कविता में इस भाग में मैं आप सबको के अंदर ले चलूंगा और वहां का दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा तो अग्नि के भाती भेदता गया वो चक्रव्यू को अग्नि के भांति भेदता गया वो चक्रव्यूह को जैसे तीर भेदता है अपने सामने खड़े शत्रुओं को जैसे तीर भेदता है अपने सामने खड़े शत्रुओं को देख वीरता उस बालक की शक्न भी जरा घबरा गया देख वीरता उस बालक की शकन भी जरा घबरा गया हार के भय से रचने लगा फिर से एक षय नया हार भय से रचने लगा फिर से एक सिंह जैसे गरजता है अपने ही उद्यान में सिंह जैसे गरजता है अपने ही उद्यान में वैसे गर्जा अभिमन्यु भी दुश्मन के सामने वैसे गर्जा अभिमन्यु भी दुश्मन के सामने एक एक करके कर दी समस्त शत्रु की रचना एक एक करके तितर बितर कर दी समस्त शत्रु की रचना मुश्किल हो, हो गया दुर्योधन पुत्र के उसके बाद से बचना मुश्किल हो गया दुर्योधन पुत्र के दुष्ण के वार से बचना उसके वार से बचना। हुए फिर महारथी बचनाथी ने कराया अपनी योजना से परिचित कहा तात नहीं तो पुत्र सही और विध्वंस नहीं तो वध सही। कहा तात तो पुत्र सही विधवंश नहीं तो वध सही। उधर रो कथा च रथ ने पांडवों को द्वार पे उधर रोका था जयद्रथ ने पांडवों को द्वार पे और महारथी निकल पड़े थे उस बालक को मारने और महारथी निकल पड़े थे उस बालक को मारने था वो अनिभिज्ञ इन सब प्रपंच से कूद पड़ा वो वीरों की तरह रण में दी शत्रुओं को ऐसी टक्कर छोड़ गए सब भर में, दी छत्रुओं को ऐसी टक्कर छोड़ गए सब भर में, फिर छल प्रपंच का करने सहारा लिया फिर छल प्रपंच का करने सहारा लिया पीछे से प्रहार कर उसका धनुष खंडित किया पीछे से प्रहार कर उसका धनुष खंडित किया योद्धा को पाकर उसके छाती पे प्रहार किया को पाकर उसके छाती पे प्रहार किया है मारथियों तुमने ये किस वीरता का प्रया महारथियों तुमने किस वीरता का प्र मार दिया चलती रही जब तक वो तब तक वो लड़ता रहा चलती रही जब तक उसने ना किया आखिरी सास ली जब तक तब तक वो लड़ता रहा आखिरी ली जब तक तब तक तब वो लड़ता रहा छल प्रपंच राग द्वेश ने सहारा लिया पर उस बालक से वो समर पढ़ना करवा सका पर उस बालक से वो समर पड़ना कर वास लुहान हो चुका था भी मनु फिर भी वो लड़ता रहा लहू लुहान हो चुका था भी मनु फिर भी वो लड़ता रहा प्रत्येक बार जो उस पे हुए वो कृष्ण रूपी हरि हरता रहा प्रत्येक जो उस पे हुए वो कृष्ण रूपी हरी हरता रहा हो रही थी पीड़ा असहनीय पर वो कर्म पथ पर अड़ग रहा हो रही थी पीड़ा असहनीय पर वो कर्म पथ पर अड़ग रहा चक्रधर के हाथ में वो शत्रुओं से लड़ता रहा चक्रधर के हाथ में वो शत्रुओं से लड़ता रहा पर त्याग के सारी मर्यादा टूट पड़े पर त्याग कर सारी मर्यादा वो महारथी उस पे टूट पड़े अपने क्रूर प्रहार से उसके छाती को थे भेद रहे उसके छाती को थे भेद रहे उस उस वीर वीर के के होठों में में भी एक उस थी। उस के में भी एक एक विचित्र विचित्र सी सी मुस्कान मुस्कान थी थी मानो ये मृत्यु भी उसके लिए जैसे शान मानो ये मृत्यु भी उसके लिए जैसे शान थी अब सूर्यअस्त होने को था ये वीर निद्रा में सोने अब अस्त होने एक कुथाद्रा वी में सोने एक वीरता की गाथा का अब अंत होने कुथा अब वीरता की गाथा का आज अंत होने कुथा पर याद रखेंगी पीढ़ियां उस वीर के बलिदान को उसकी वीरता की कहानियां माँ सुनाएंगी सन्न को उसकी वीरता की कहानियां मां सुनायेंगी सन्न को आज ना अर्जुन का बाण है ना कर्ण का दान है आज ना अर्जुन का बाण है ना कर्ण का दान है इतिहास में है अमर एक वीर अभी मनु जिसका नाम है इति हास में है अमर एक वीर अभी मनु जिसका नाम है अभी नाम है अभी धन्यवाद दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर और एक कमेंट प्यारा सा कीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हो, तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए क्योंकि और भी नए वीडियोस आने वाली और अगर